था वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी उसे मेरी और मुझे उसकी आदत होने लगी मैं हैरान था पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती थी कभी रात के बारह भी बच जाए फिर भी वो भूखी मेरा इंतजार करती पहले मुझे खाना देती फिर मेरे पास बैठ कर, मेरे कंदू पर सर रख लेती बच्चों की तरह जिद सी थी मुझे कहती अपने हाथ से खाना खिलाओ मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता फिर वो मेरी गोद में सर रखती दिन भर की बातें बताती और बातें करते करते सो जाती मुझे जिंदगी के होने का एहसास होने लगा था मुझे महसूस होने लगा जिंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हे भला जन्नत सा समा कैसे ना देते एक बार मैं किसी बात से नाराज था उसे डांटा भी था मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई मैं जानता हूं वो बहुत रोई थी लेकिन मैं भी गुस्से में था इसलिए उसे रोने दिया पूरा दिन गुजर गया उसने मुझसे कोई बात ना की